नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका कि नाम है टेक विहारी जी चैनल जैसा कि आपको विद्युत है कि इस चैनल पर हम दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह है साय में धूप की गज़लों को साझा कर रहे हैं इसी क्रम में प्रस्तुत है अगली गज़ल जिसका कि शीर्षक है अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूँ अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूँ तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ ये दरवाज़ा खोलें तो खुलता नहीं है ये दरवाज़ा खोलें तो खुलता नहीं है इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूँ अंधेरे, अंधेरे में कुछ ज़िंदगी होम कर दी अंधेरे में कुछ ज़िंदगी होम कर दी उजाले में अवे हवन कर रहा हूँ अंधेरे में अंधेरे में कुछ ज़िंदगी होम कर दी उजाले में अवे हवन कर रहा हूँ वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं जिन्हें है रात दिन स्मरण कर रहा हूँ मैं एहसास तक भर गया हूँ लबालब मैं अहसास तक भर गया हूँ लबालब तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूँ तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ समालोचकों की दुआ है कि मैं फिर समालोचकों की दुआ है कि मैं फिर सही शाम से आचमन कर रहा हूँ अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूँ तुम्हारी तो कहन थी कहन कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद